एक बार जी सर मैं YouTube YouTube कंपनी कंपनी से से वर्मा बात कर रहा हूं आपको की तरफ लाख का इनाम निकला है आप YouTube कंपनी की तरफ से बात कर रहे हो जी सर मैं YouTube कंपनी से आकाश वर्मा बात कर रहा हूं मेन ब्रांच मुंबई सर बात कर रहा हूं अच्छा तो ये जो इनाम बता रहे हो आप ये किस वजह से मुझे इनाम निकला है पर सर पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो सर आप YouTube देखते हैं ना YouTube चलाते हैं जिसमें आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं ना सर जी जी करता हूँ लाइक कमेंट जो मुझे वीडियो पसंद आता है वो तो मैं लाइक कमेंट करता ही हूँ बताइए जी सर जी सर आपने सबसे ज्यादा लाइक कमेंट शेयर किया है इसलिए सर आपका सबसे ज्यादा स्कोर आया है इसीलिए सर आपको जो है लाख का इनाम निकला है सर एक मिनट एक मिनट जो वीडियो मुझे पसंद आता है उस वीडियो को मैं लाइक कमेंट शेयर कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे इनाम लग है जी जी सर इनाम अभी सर पिछले एक साल में सर दिन लोगों ने सबसे ज्यादा लाइक कमेंट शेयर किया था इसीलिए सर उन्हीं को इनाम दिया जा रहा था तो आपका अठारह लाख का सर इनाम निकला है आपको मेरी मेनी सर कंग्रेचुलूब कंपनी की तरफ से अच्छा ये इनाम मुझे यूट्यूब की तरफ से निकला है ये बता रहे हो ना आप जी सर जी सर यूट्यूब कंपनी आप यूट्यूब चलाते हैं उसी कंपनी की तरफ से निकला है अच्छा आप कहाँ से बात कर रहे हो जी सर मैं यूट्यूब कंपनी मेन ब्रांच मुंबई से बात कर रहा हूँ अच्छा मुंबई से बात कर रहे हो अच्छा तो ये इनाम क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओगे खुल गए गाड़ी निकली है टाटा सफारी एक्सएम अच्छा तो सर इसके लिए आप 18 लाख चाहे तो कीमत ले रही चाहे तो सर 18 लाख की गाड़ी भी आप सर ले सकते हैं वो डिलीवरी करा दी जाएगी आपके घर पे होम डिलीवरी अच्छा यानी की इस इनाम पे मैं गाड़ी भी ले सकता हूँ या फिर मैं कैश भी ले सकता हूँ सर आप फोर ले तो ले तो अपने अकाउंट में सकते हैं। अच्छा ऐसा इनाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ क्योंकि मैं तो बहुत दो तीन साल से वीडियो लाइक एंड शेयर कर रहा हूँ बट मैंने तो ऐसा इनाम कभी सुना नहीं है YouTube की तरफ से ऐसा इनाम भी निकलता है जी सर जी सर ये दो में सर जो है ऑफरू किया गया था इसमें जिसमें एक साल में सर सबसे अच्छा।, तो अच्छा तो पहले बताइए ये जो गाड़ी आप बता रहे हो अगर गा, मुझे गाड़ी लेना है तो प्रोसेस क्या रहेगा कैसे गाड़ी को लेना है ये बताओगे थोड़ा जी सर गाड़ी आप चाहते हैं तो गाड़ी सर आपको मिल जाएगा आपके घर पे होम डिलीवरी करा दिया जाएगा अच्छा पैसा जाते हैं तो आपको तो पैसा भी आपके में डलवा दिया जाएगा तो सर आप दोनों बताइए अच्छा। तो बताया जाएगा अच्छा अच्छा तो आप एक काम कीजिए मुझे गाड़ी वाला प्रोसेस बताइए अगर मुझे गाड़ी लेना है तो मुझे क्या क्या करना होगा थोड़ा प्रोसेस बताइए गाड़ी लेना है तो सर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको गाड़ी लेना है तो अपना सर सबसे पहले आपका यहाँ पे सर फुल रजिस्ट्रेशन होगा अभी सर आपका पूरा फुल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अच्छा अच्छा आपका फुल रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए सर आपको अपना एक आधार कार्ड का फोटो नंबर पर केट्सअप करना होगा साथ अच्छा, में अपना तो एक पास अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी हमें व्हाट्सअप करना होगा और सर जो आपका एड्रेस है सर ठीक है वो एड्रेस जो है फुल डिटेल आपका पिनकोड आपका पूरा जिला पूरा स्टेट सर लिख के हमें देना होगा ठीक अच्छा गाड़ी सर आपका तीन दिन में सर आपके घर पूरी डिलीवरी करा दी जाएगी ठीक है सर बाकी का प्रोसेस सर अभी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा अच्छा यानी कि आप कितने दिन में गाड़ी डिलीवर करोगे फिर से बताइए एक बार तीन दिन में गाड़ी सर आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी रजिस्ट्रेशन देते ही आपका होगा अच्छा तीन दिन के बाद सर आपके घर पे सर गाड़ी पहुंच जाएगी अच्छा तो ये तो अच्छी बात है फिर करवा दो तो गाड़ी अगर फ्री में कुछ ऑफर मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है तो गाड़ी डिलीवर करवा दीजिए फिर सर गाड़ी आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी सर अपना एक मैं बता रहा हूँ आपका तो अपना सर, एक पासपोर्ट का साइज फोटो और जो है प्रूफ सर भेजिए व्हाट्सएप अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं पासपोर्ट साइज हाँ पासपोर्ट साइज फोटो भेज रहा हूँ मैं व्हाट्सअप में आधार कार्ड भेज रहा हूँ उस पर मेरा पूरा एड्रेस है अटो आप लोग भेज दीजिए ठीक है आगे सर एक और प्रोसेसर, अच्छा बताइए तो ना, अच्छा तो ना फिर और आगे क्या प्रोसेस है वो भी कर लीजिए मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर फ्री बैठा हूँ बताइए क्या करना होगा मुझे जी सर आप भेज दीजिए उसके बाद प्रोसेस बताता हूँ अच्छा अभी मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है ना जी जी इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए अच्छा तो एक मिनट रुक जाओ मैं मैं अभी अभी सेंड सेंड कर कर कर रहा रहा ठीक है है पासवर्ड साइज फोटो एंड आधार कार्ड मेरा गैलरी पे पड़ा कीजिए ये चेक कर लो मैंने सेंड कर दिया, आपके व्हाट्सअप नंबर पर जी सर आपका पूरा यहाँ पे जी जी जी जी सर अभी सर, आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है जी जी, जी मैं आपका सर पूरा डिटेल यहाँ पे फाइल सर ओपन कर लिया हूँ का प्रोसेस सर बता देता हूँ जी बताइए सर जो गाड़ी आपके घर पे डिलीवरी होगी सर इसकी कीमत है अठारह लाख रुपए जी जी जी जिसका नाम है टाटा सफारी एक्सएम कार ठीक है अच्छा जी सर ये गाड़ी जब डिलीवरी सर आपके घर पे होगी जी तो सर आ, जी सर आपके घर पे डिलीवरी होगी तो हम सर यहाँ पे मैं आपको लोकेशन चेक कर पा रहा था और यहाँ पे जो दूरी है सर मुंबई से सर आपका जो है ट्रांसफर किया जाएगा काफी दूरी आ रहा है सर अच्छा जी जी मुंबई से तो काफी दूर है दि, दि, दि, सर इसमें डिलीवरी का चार्ज सर आपसे जो है सर ये आपको पे करना पड़ेगा जिसकी कीमत है सर अठारह हजार पाँच सौ रूपए अच्छा तब आप गाड़ी मुझे फ्री में दे रहे हो इतना अच्छा ऑफर दे रहे हो तो वो अठारह हजार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आप गाड़ी डिलीवर करवा दीजिए पहले जी सर ये सर आपको डिलीवरी चार्ज सर पहले पे करना पड़ेगा अच्छा अमेजोन फ्लिपकार्ट हो तो डिलीवर तो तो होने के बाद ही पेमेंट देते हैं हम लोग आप एडवांस मांग रहे हो ना मेरे से अभी आप तो बोल रहे हो की अभी मुझे देना पड़ेगा पेमेंट जी सर ये कंपनी का रोल है अच्छा मैं समझ गया यानी की अगर मैं अभी आपको अठारह हजार बोला ना आपने दूंगा तभी आप मेरे घर पे गाड़ी डिलीवर करोगे वरना नहीं होगा, तो तो होगा। आकाश वर्मा बताया था ना आपका नाम दी, सर, मैं तो सुनिए मुंबई आकाश वर्मा जी सुनिए एक काम कीजिए मुझे गाड़ी नहीं चाहिए आप मुझे कैश डाल दीजिए मेरे अकाउंट पे मैं उसी से मैं जो खरीदना है मैं खरीद लूंगा आप कैश मुझे दे दीजिए प्राइस जी सर कैश अगर सर आप लेना चाहेंगे तो सर मैं आपको प्रोसे बता रहा हूँ तो देखिए कैश अगर लेंगे तो सर सर आपका जो है सर ये जो टी लगता है ना सर वो जी आपको पे करना पड़ेगा वो सर कीमत है पंद्रह हजार पाँच सौ रूपये सर अच्छा यानी कि अगर मैं कैश लूँ तभी भी मुझे एडवांस देना पड़ेगा अगर मैं गाड़ी लूंगा तभी भी मुझे एडवांस देना पड़ेगा यही बता रहे हो जी सर कंपनी का सर आपको अकाउंट नंबर या फिर आप फोन पे गूगल पे पेटीएम चलाते हैं तो वो भी सर नंबर आपको भेज दिया गया है व्हाट्सएप में चेक कर लीजिए अच्छा सुनिए आकाश वर्मा जी आप कितने साल से काम कर रहे हो YouTube पर जी सर मैं YouTube कंपनी से पिछले साल छत छह सात सालों से काम कर रहा हूं सर। और आपने अपना लोकेशन क्या बताया था लोकेशन सर मेरा मेन ब्रांच जो है मुंबई में है सर बांद्रा। एक सुनो एक मिनट सुनिए सुनिए आकाश जी जी ये आपका लोकेशन आपका जो नंबर है ना उसका मैंने आई एड्रेस ट्रेक किया ये तो मुंबई नहीं बता रहे है ये तो कोलकाता बता रहा है क्या बात कर रहे हैं सर? सर सुनिए हेलो सर एक तो सुनो एक तो तुम्हारा नाम आकाश वर्मा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है तुम कोई गलत नाम बता रहे हो और तुम्हारा लोकेशन ये आईपी एड्रेस मैंने चेक कर लिया यहाँ पर कोलकाता एड्रेस बता रहे आपको लेना है की नहीं लेना अभी सुन अभी सुन यूट्यूब का नाम लेके तुम लोग मुंबई का नाम लेके ऐसा लोगो के साथ फ्रॉड करते हो कोलकाता पे बैठ के से बात हो रहा है तुझे पता है कौन बात कर रहा हूं मैं क्या बोलने मैं, मैं इंस्पेक्टर अबे सुन थाने से बात कर रहा हूं तेरा आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया मैंने ठीक है कितने दिनों से कर रहे हो ये काम अरे? अबे सुन कितने दिनों से काम कर रहा है फोन मत अरे? काट फोन मत काटना कितने दिनों से काम कर रहे हैं सब कितने लोगों को लूटते हो तुम लोग दिन में बेटा सुन बहुत लंबा जाने वाला ठीक है अपना पहले ओरिजिनल नाम बता क्या तेरा ओरिजिनल नाम कहां से तू बता हेलो फोन काट दिया देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये लोग यूट्यूब फेसबुक इस तरीके का एप्लीकेशन का नाम लेके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं वीडियो लाइक एंड शेयर करने के वजह से इनाम निकला 18 लाख ऐसा कभी होता है इस तरीके का इनाम लोगों को बताकर लोगों के साथ एडवांस पैसा मांगकर कर बोले वाले लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं आप लोग प्लीज इस तरीके का फ्रॉड से बच के रहना एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे इंडियन के लोगों के साथ इस तरीके का स्कैम ना हो